आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं आपको भटके हुए से शब मार्ग दे रहे हैं सोए हुए से जगा रहे हैं चन कामी मोहमाया वासनाए एह धेय ने मेरी अपने पराए के कोमा से निकालकर और सतज्ञान दिया जा रहा है संसार में ज्ञान तो सभी के पास है बात तो सत्य ज्ञान की होती है अभी भग साहब ने बता दिया करीब 21 वर्ष दुनिया में कैलेंडर के मुताबिक हमको सत्य के मार्ग चुका बहुत दिन भिन्न प्रांतों में कस्बों में शहरों में नगरों में महानगरों में ग्रामीण अंचलों में आप लोग आप महापुरुष ही मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने सत्य का साथ कराने के लिए आते हैं जिन महापुरुषों का अतीत सत्य के नाते मजबूत है जैसे फॉर एग्जांपल वर्तमान, से वर्तमान वर्तमान से भविष्य मजबूत है संस्कार सत्य का है उन आपों को सत्य के साथ का नारायण हरि परमात्मा की सत्यवर्कथा का आयोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था यह अपना तनम धन आने वाले संत महात्मा महापुरुषों की व्यवस्था के लिए खर्च करते हैं अगर यह शतुगी सतो प्रधान आत्मा न होते आज भौतिकतावादी युग में ध्रम पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसरा भेदभाव से बचकर और हकीकत का इजहार करते हैं रूहानियत का परिचय देते हैं मक्खन मलाई नहीं लगाते हैं और आप लोगों को स्पष्ट दर्शा दिया गया है क्या दर्शा दिया गया है आपको जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है नारायण हरि परमात्मा न हरि परमात्मा का आदि है न अंत है न जन्मते हैं न मरते हैं हमेशा कामधाम रहते हैं ब्रह्मांड के कुल मालिक है और आप कितने परम सौभाग्यशाली हैं धूम पाखंड आडंबर अंधविश्वास भेदभाव से परे परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन हरी परमात्मा स्वयं करते हैं और क्या चाहिए जीवन स्वयं ही करते हैं आप समझ सकते हैं समझना भी चाहिए भले ही शरीर को आप देख रहे हैं हर काला चौकीदार बनकर हम काम करते हैं आपने जो हाथ फैलाया उन समस्त आने वाले महापुरुषों को इशारा किया जाता है जो कमेटी बनाकर आयोजन करते हैं जो यहां का विधान है उसे तोड़कर और हाथ फैलाते हैं मांगने के लिए धन लेने के लिए रुपया पैसा लेने के लिए तो श्रीमान जी जा समझ आ जाना चाहिए जहां हाथ फैलाया उसी समय मर गए उसी समय मृत्यु हो गई शरीर की मौत जब होगी तब तो होगी लेकिन हाथ फैलाते ही मर जाते हैं मौत हो जाती है हाथ धैलाई ही भेकारी बन जाते हैं, मंगता बन जाते हैं देने वाला हरिदाता होता है और लेने वाला मंगता होता है आपने देखा है यहां किसी को भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण छत्ती पर सुध की नीयत से नहीं देखा जाता है काला गोरा नहीं देखा जाता है स्त्री पुष्ठ नहीं देखा जाता है हुमेन बॉडी आई एम सुख भटकन समाप्त होगा आप ये भी जानते हैं हम कोई साधु संत